करम कर दे मेरे मौला अता कर दे दुआ की लाज रखवा सवाली का भला कर दे मेरे मौला कर्म कर दे मेरे मौला अता कर दे दुआ किला सवाली का भला कर दे जिसे चाहे कैद बादशाह ये तेरे मर्जी है जिसे चाहे तु कैद बादशाह ये तेरे मर्जी है फकीर बेटे वा कर दे जिसे चाहे गदा कर दे फिर बेनवा कर दे जिसे चाहे गदा कर दे मेरे मौला कर्म कर दे मेरे मौला अता कर दे दुआ कीला रिदाई फात मा जहरा सलाह सदके में रिदाई फात जहरा सलाम के सदके में।, में मेरे सर पे मौला तो रहमत की रिदा कर दे मेरे सर पे भी या मौला तो रहमत की रिदा कर दे मेरी मौला करम कर दे मेरी मौला अता कर दे दुआ कीला रखलावानी का भला कर दे असीरी कर बला का कवाताँ देता हूँ मैं तुझको को असीरी बला का कवाताँ देता हूँ मैं तुझको हर एक मजबूर बंदे पे करम मेरे खुदा कर दे हर एक मजबूर बंदे पे करम मेरे खुदा कर दे मेरे मौला करम कर दे मेरे मौला अता सवाली का भला कर दे गदाई तूने बक्शी है मुझे शहरे मदीना की गदाई तूने बक्शी है मुझे शहरे मदीना की मेरी नस्लों मौला मदीने का गदा कर दे मेरी नस्लों को भी मौला मदीने का गदा कर दे मेरे मौला करम कर दे मेरे मौला अता कर दे धुआ की रखव सवाल भला कर दे फारू के दुआ गोव के मारू के लिए मौला है फारू हर बेसहारे को रिहा कर दे गमों की कैद से हर बेसहारे को रिहा कर दे मेरे मौला करम कर दे मेरे मौला अता कर दे दुआ कीला सवाली का भला कर दे